सबको ठोक डाला, सब डाला मैं अगली बार फाइटिंग के लिए ये मेड इन चाइना चमचे नहीं भेजने का ब्रांडेड पंटर पर थोड़ा खर्चा कर रहे हैं जिसपे महादेव का हाथ सिर्फ वही करेगा काशी पर राज